कृपया ध्यान दें इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है सो कृपया इसे दिलो दिमाग बना ले और इस वीडियो में किसी भी इयरफोन या हेडफोन की जरूरत नहीं है धन्यवाद पवन सिंह नाम माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है एकराबाद एकराबाद हम एक नहीं के, नहीं। ही करे मैं से गई हेलो जय हिंद जय श्री राम दोस्तों उम्मीद है आप सब मस्त होंगे गए और भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहे लड़ाई का रजाई में आनंद <laughs> यार इंडस्ट्री में लड़ रहे हैं भाई भाई तो हमरा एक यूट्यूबर रजाइएर का बीच में आई है तो भाई जब मैदान में है पवन और खेसारी आज देखेंगे कि कौन है किस पे भारी और सबने दिया है अपन अपन विचार देखेंगे बारी बारी कितना हर इंसान के लिए सीमा रेखा होती है अब भले हमारे लिए नहीं है वो अलग बात है। तो वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए और ये जरूरी नहीं है की गंगा अगर बोलता नहीं तो समझता भी नहीं एकदम सब समझता है सब बर्दाश्त भी करता है अब देखो खेसारी भैया गाना गाते हैं कि खेसारी रही है ट्रेंडिंग में आप पवन रही है में छोड़ खेसारी के पवन वो अलग बात है कि राइटर का नाम ही पवन पांडे है लेकिन आपने जो जगह जो जिस पंचलाइन में उसको यूज किया वो गलत है आप अगले पंचलाइन में भी यूज कर सकते हैं लेकिन नहीं तुम्हारे चनुने काट रहा है अब आते हैं खेसारी भैया के लाइन पे आप चुप थे तो ठीक है आप, आप बोलते हैं हाँ सही बोला है आपने कि पवन सिंह चुपचाप रहे आप मारते जाइए मारते जाइए मारते जाइए मारते जाइए और मार मार के हाय मार डाला रे <laughs> अब भाई विवाद कर रहा तो खेसारी भैया का पुराना काम है इसीलिए तो खेसारी लाल यादव इतना बड़ा नाम है <laughs> अब भाई देखो कंट्रोवर्सी बहुत बहुत बड़ा है, है, है, भले ही चार दिन का का लेकिन विचार जो है, बहुत सुंदर, सुंदर लमे, लमे, प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसी कड़ी में हिसारी भैया वाला वीडियो वायरल हो गया। बाकी सबका विचार तो ठीक है अपने जगह पे है लेकिन सबसे मतलब कंटैक्ट एकदम एक नंबर नम, एक किसी का अगर विचार है तो रितेश पांडे जी का और हमको एक बात ये भी पता है कि दो दिन बाद आप आके फोन फेसबुक पे रोएंगे। रोए सब कोई खिलाफ विरोध कर रहा है अरे यार ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा आप दौड़ने की बात करते हैं इंडस्ट्री में बहुत एक एक मैंने कल आपका वो देखा उसके बाद मैंने आ, बड़े भैया अभय सिन्हा जी को फोन किया था इसलिए क्योंकि उनका बात इंडस्ट्री में कोई नहीं टालेगा मैंने उनको फोन किया बोला कि भैया एक प्रतियोगिता करवाइए आप दौड़ की प्रतियोगिता जिसमें इंडस्ट्री के सारे हीरो भाग लेवाइए और सारे हीरोज को आप फोन करके पर्सनली बोलिए कि इतने तारीख को आज से छह महीना बाद छह महीने का सबको तैयारी का मौका दीजिए छह महीना बाद एक प्रतियोगिता होगा दौड़ का छह महीने का टाइम दिया जाए सबको कि हाँ भाई तुम तैयारी करके आओ छह महीना बाद दौड़ की प्रतियोगिता होगी देखते हैं कौन जीतता है हमारे ख्याल से नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पे आएंगे आप खाली सुई लगा के बॉडी थोड़ा से हो जाए और भाई भले ही इस कंट्रोवर्सी से कुछ होगा या नहीं लेकिन मजा बहुत आ रहा है, है। <laughs> तो भाई एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि इंडस्ट्री में लड़ना बंद करो एंजॉय करो अपने, अपने गाने बजाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो भले ही वीडियो छोटा था क्योंकि हमारा नाम तो यार ऐसे ही फेमस है कि जब किसी भी मेट्रो को सात आठ दिन बीत जाता है तो हम पीछे से घुस जाते हैं है। तो प्रॉब्लम ही ऐसी है और मन है तो कमेंट करो बस अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की